महतشम, के बाद हज़ू नबी अकरम शफी उम रसूल महत्शम नबी मकरम सल्ह सज़ूर नास में अपनी अक़दतों इरादतों और महबतों का खराज पेश करने के बाद वाजबा अहतराम मुलस मोहतरम सामी ख़वातिन हजरा अलकम वरह वक्त पिछले साल मनासे करबला तक कुछ गुफ्तु मैंने आपके गोश गुज़ार की थी और आज मेरा आजम था कि करबला की दोपहर से लेकर मदीने की शाम तक कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा लेकिन अब वक्त सिमट गया तो इंशाल्लाह ये अगले प्रोग्राम के लिए बात छोड़ता हूँ क्योंकि सूरज दर्द गुरू से ज़र्द हो रहा है और नमाज असर बिल्कुल करीब है और हम में से बहुत सारे लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है तो जो प्रोग्राम था वो नमाज असर तक ही ख़त्म होना था तो इन शी वक्त पर जो पाँच दस मिनट मेरे पास हैं मैं हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तहों के पैगाम के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँगा कल का जुम्मतमबारक इन श्ला हम दोबारा इसी जगह पर पढ़ेंगे तो जो आज ान रह गया कल तफ़ील से इनशा कल मैं आपके गोश गुजार करूँगा अल्लाह ताली हमें हक़ की राहों का मुसाफिर बनाए और उसवाए हुसैन इबन अली पेमल की तोहफ़ी का तहफा माए हज़रत इमाम हुसैन रज़ील्ल्लो वो दा है कि सदफ़े कायनत के अंदर वो नगीना सिर्फ़ एक ही है लोगों ने खुदा होने के दावे किए नबी होने के दावे किए महदी होने के दावे किए लेकिन आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया कोई घर लुटाए तो हुसैन बने तीरों पे तीर खाए तो फिर हुसैन होने की बात करें। अपने छ माह के बच्चे को अपने हाथों पे ले जाकर के और उसके हल्क में पैवस्त होता हुआ तीर निकाल कर भी अल्लाह का शुक्र बजा लाए और सबर के दामन को ना छोड़े कोई ऐसा हौसला रखे तो हुसैन होने का दावा करे दुनिया पर हुसैन एक ही है और जबर के खिलाफ जिस अंदाज से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तहुने अजीमत की वो दास्तान रत्म की क्यामत तक के लिए एक नमूना छोड़ गए आपको सब पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है मकाम बैजा पे हज़रत इमाम हमाम का जो खुतबा है वो हमारे सामने है आपने फरमाया मुझे पता है कि मेरे साथ क्या सलूक होगा जब लोगों ने मशवरा भी दिया कि इतना बड़ा लश्कर जगार आपके मुकाबले में आना चाह रहा है कोफे वालों के दिल बदल गए हैं उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं वो आपका कभी भी साथ नहीं देंगे अलकूफी लायूफी कोफ़ी कभी भी वफ़ा नहीं करता तो आप यहां से पलट जाएं यह बात जब हजरत इमामी हुसैन रजील्ला सुनी तो आपने फरमाया जो तुम मुझे बता रहे हो वो मुझे पहले ही पता है कि मेरे साथ क्या सलूक होगा लेकिन मैं इसके बावजूद भी तीनों के जाए नमाज पर नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूँ मैं फिर भी करबला की राहों का मुसाफिर हूँ जब बहत्तर अफराद बाईस हजार के लश्कर का रास्ता नहीं रोक सकते और मुझे पता है मैं अपने बच्चों के सामने शहीद कर दिया जाऊंगा लेकिन इसके बावजूद मैं शहादत गाहत के अंदर कदम क्यों उठाता चला जा रहा हूं तो सुनिए हज़रत मामे अली मुकाम का वो जुमला जो आपने अपनी फिक्र को वाज करने के लिए उस वक्त मकाम बैजा पे लोगों के सामने रखा फरमाया मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं आगे बढ़ रहा हूं इसलिए कि वालकुम फिया फी ताकि कयामत तक बादल के साथ टकराने की जमाने के पास कोई मिसाल तो मौजूद हो कयामत तक जबर के खिलाफ खड़े होने का कोई नमूना तो लोगों के पास हो वालकुम फिया फी मैं नमूना बनना चाहता हूं और कयामत तक जबर के खिलाफ जो लोग मैदान अमल में आएंगे तो वो अपनी और कसरत को देखकर पीछे कदम नहीं हटाएंगे उनके सामने मेरा नमूना होगा और मेरी जिंदगी होगी और वो जबर के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे जब बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ बगीर पाक हिंद के लोगों ने अलम बगावत बुलंद किया तो कायद आजम के परचम में और उनकी सदाए दिल नवाज की लय में मुसलमान तो बढ़ते चले जा रहे थे पाकिस्तान का मतलब क्या ला लाला के नगमे तो उनके लबों पर थे ही लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी कौम को जमा करके कहा कि तुम कहोगे कि यह दानशमंदी नहीं है कि इतने बड़े साम्राज्य से टक्कर लेना जिसकी सल्तनत में सूरज तुलू भी होता है और गुरूब भी होता है तो ये कहीं की दानशमंदी नहीं है ये पत्थर से टक्कर मारने वाली बात है और ये दीवार से सर फोड़ने वाली कहानी है लेकिन इसके बावजूद मैं बरतानवी साम्राज्य को ललकारने के लिए निकला हूं और तुम मेरे साथ हम नवाब बन जाओ मैं इसके बावजूद के ताकत नहीं रखता और इतनी बड़ी हुकूमत और इतनी बड़ी ताकत के साथ टकराना मंतकी लिहाज से कोई लोग समझते हैं दानशमंदी नहीं लेकिन कहा मेरे सामने हुसैन इबन अली का किरदार मौजूद है जबर के खिलाफ कयामत तक जितने भी लोग बरसरे मैदान आते रहेंगे सब का कायल हुसैन इबन अली होगा वो काफ़ले रियत के जहां भी मैदान अमल में होंगे उनके हाथ में परचम हुसैनी परचम होगा आज दुनिया के ऊपर जहां भी जबर के खिलाफ जंग लगी हुई है और लोग मैदान अमल में है गली गली करवा भपा है और जहां भी काफिले मैदान अमल में निकले हैं वो काबिल में हो या कंधार में वो किला जंगी में हो दश्ते लैला में वो तोराबरा में हो या मूसल में बगदाद में हो याद में कश्मीर में हो या आजरबाईजान में वो गजा की पट्टी में हो या किसी और मकाम पर हितने भी काफिले मैदान अमल में है सब हरारत खूने हुसैन से ले रहे हैं सब वहां से तो हासिल कर रहे हैं और इकबाल कहता है सुरख रू इश्केयूर अज खूने शोखी ई मिस्रा अज मजमू ने तायामत तबदाद कर मौजे खून ओ चमन इजाद कर इकबाल कहता है कि इश्के गयूर के चेहरे पर जो सुर्खी है और इश्के गयूर के चेहरे पर जो बाकपन है इश्के गयूर के चेहरे पर जो उजाला है और ये जो सुर्खी फैली हुई है ये हुसैन इबीन अली के खून का सदका है जरा इस जुमले पर गौर कीजिए सुरख रू इश्क गयूर अज खून ओ हजरत माम हमाम के खून से इश्के गयूर के चेहरे पर बांकपन शोखी ई मिसरा अज मजमू उ इस मिसरे की जो शोखी है कि वो भी हजरत इमाम हम्माम के खून की वजह से है तक तक उ चमन ईजाद कयामत तक के लिए जबर का रास्ता रोक दिया कयामत तक शहादतों के फूल लहलाहाते रहेंगे और इस कबीले के लोग राह खुदा के अंदर अपनी जान पेश करते रहेंगे अली की सुन्नत भी जारी रहेगी रजा की पट्टी में इस वक्त जो दुख फैला हुआ है आप उससे पूरी तरह आदा हैं कि अभी परसों की कहानी है अखबार के, के, के जरिए शहीद कर दिया गया तो बहत्तर बच्चे उन बहत्तरों की जानसारी की कहानी को दोहरा रहे हैं और आज हर जगह वो कहानी दोबारा रकम की जा रही है हुसैन इबन अली ने जिस चीज की तरह डाली थी जिसकी बुनियाद डाली थी और जिस रास्ते के मुसाफिर हुए थे वो सफर जारी है और क्यामत तक जारी रहेगा आके हजरत इमाम महदी जलवा फराज होंगे और आप जलवा फराज हो करके फिर जबर के खिलाफ आखिरी मारकर लड़ेंगे और जुल्म हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाएगा और इस्लाम का परचम सरबुलंद और सरफराज हो जाएगा तो कयामत तक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुमने अपनी सुन्नत को बतौरे नमूना छोड़ा और फरमाया इसलिए एक अनोखी दास्त रकम करने जा रहा हूँ क्या लोगों के लिए नमूने के तौर पर मौजूद रहे और जबर के खिलाफ लोग टकराने का हौसला रखें हजरत इमाम रजी अल्लाह तबला की उस दपहर के अंदर जो अजीमत की दास्त रकम की और जिस तरह जबर के सामने पूरी कुव्वत से सीना तान के खड़े हो गए 22,000 हजार अफराद के सामने तने तनहा शख्स का डट जाना यह कोई तमाशा नहीं है बहत्तर अफराद के जख्म कलेजे पे मौजूद हैं और अपने भाइयों बेटों भतीजों और भांजों के लाशे उठा उठा के आप खेमों तक ला चुके हैं आपके हाथों के अंदर अली असगर दम तोड़ चुके हैं और जवान अली अकबर आप उसको उठा के खेमे तक लाए हैं रावी बयान करता है कि मैं उस वक्त मौजूद था वो राशिद लिखता है कि जब इमाम आली मुकाम ताला को एक नौजवान ने पुकारा और कहा कि मुझे थामिए और मुझे प्यास शिद्दत से तड़पा रही है तो आप जब दौड़ते आए और गर्दो गबार में एक जवान को आपने उठाया और अपने सीने से उसके सीने को जोड़ा तो कहते जब खैमों की तरफ इमाम जा रहे थे कहता मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस जवान के जो पाऊं हैं वो करबला की रेत के अंदर घसीटते जा रहे थे और मकतल से लेकर खैमों तक एक लकीर बनती चली जा रही थी लेकिन मैंने हुसैन इबन अली के अंदाज के अंदर जो है वो तुम तराक देखा और वो भाकपन देखा कि इस मौके के ऊपर बड़े बड़े भी दम तोड़ जाएं। तो मैंने किसी से पूछा कि ये श्... नौजवान जिसको सीने से उठा करके खेमों की तरफ ले जा रहे हैं ये नौजवान कौन है तो मुझे कहने वाले मैंने बताया कि ये हुसैन इब्ने अली का यह हुजा बिन हसन बिन अली बिन अबू तो हो होता है फिर भी दुख नहीं थमता कहते हैं छोड़ दो इसका कलेजा कट गया है इसका जवान रुख सत हो गया है इसके सीने का चैन लुट गया है सलाम करो हुसैन इबन अली को अकहत्तर लाशे लाइनों में लगे हुए हैं बेघोरों कफन लाशें पड़े हुए हैं और उधर खैमे के अंदर के का भी लिहाज है, लेकिन फिर जब घोड़े की जीन को कस के मैदान करबला में नबी का नवासा निकला जब तीन दिन का प्यासा करबला के रेखार के अंदर मैदान करबला के अंदर जुल्फकार तलवार लहराता हुआ आया शबी है रसूल रसूल करीम की तस्वीर जब मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन तलवार को लहराते हुए आए तो आवाज आ रही थी ये कौन जीवकार है ये ये कौन है है है फटा हुआ लख्त लख्त कटा हुआ हुआ हुआ हुआ कटा कटा तमाम जिसमें छिता फिर भी है डटा नबी का नूरे है, ये हुसैन है। तो इमाम हुसैन, ताला किस अंदाज के साथ जबर के खिलाफ पूरी कुत से खड़े होकर के दुनिया के सामने अपना उसवा रकम किया और घोड़े की जीन से जब फर्श जमीन की तरफ आए जमाना जानता है कि जब आपका सर सजदे में था कि उस वक्त सना अनस ने आपके सर को काटा या फौली बिन यजीद ने काटा, या शिमर ने काटा, एक है रिवायात के अंदर लेकिन हजरत अमाम रजी अल्लाह का आखिरी वक्त सर जो था वह सजदे में था और सजदे की हालत के अंदर दस्त कातल ने सर हुसैन को तने हुसैन से अलग किया दुनिया के सामने हजरत इमाम ने अपना उस्वा रखा यही तो अपने, तो अपने मालिक की चौकट पर झुकेगा यजीद के सामने यह सर झुक नहीं सकता है तो हजरत इमाम हमाम रजी अल्लाह तुने करबला के तपते हुए रेगजार में जब बहत्तर तिहत्तर लाशे खेमों के सामने पड़े थे और इतने जख्म थे। इतने कलेजे पे रावी कहता है कि जब आपकी कमीज़ गई, तो 113 उसमें तीरों के थे, थे, थे। नेजों के थे। के थे। के चौथी घाव तलवारों इतने अंदर और जिसम चूह है जख्मों से लेकिन हजरत इमाम ने जब पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज ये थे अल्लाह का तस्लीमन ले का। सुभान तेरी पे राजी हो गया जय सोना मेरे दुख में राजी तो मैं सुख नामा मालिक में सब कुछ कबूल किया हुसैन तेरी रिजा पे राजी है मेरे मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है इस नवासे पर मुहमद मुस्तफा को नाज है औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है हुसैन अली तुम पर सलाम नाज शे आले नबी तुम पर सलाम आज लहजा भी दम तोड़ रहा है और सूरज भी दर्द गरूब से जर्द हो रहा है वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं इस मजमून को छेड़ू आओ हम सलाम करते हैं ये सूरज सामने चमक रहा है मैं यहाँ बैठा सोच रहा था कि हमने तो नहीं देखा ऐ सूरज दोपहर का वो मंजर तुमने तो देखा था जब करबला में हुसैन का सर कटा था जब घर लूटा था जब खेमों को आग लगी थी जब सकीना रो रही थी और जब घोड़ा खाली पलटा था और सकीना पूछती थी घोड़े तू खाली आ गया है हुसैन कहाँ छोड़ आया है आज ये सूरज ये चमक चमक के वो हमें कहानी सुना रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि नबी के नाम पे हुसैन ने तो सड़ कटा दिया आज तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है तुम शोर डाल रहे हो जिनके लिए मस्जिदों में कालीन बिछे हुए हैं गर्म पानी दस्तियाब है और उनके लिए मस्जिदों में आशाइशें मौजूद हैं और फिर भी वो कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है जरा देखो हुसैन बनी अली को सजदे में सर रख के पेचानी रब के हजूर रख के हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं मालिक मैं सर कटा के भी तेरे हजूर हाजिर हूं और तुझ पर राजी हूं तू भी बता के तू भी हुसैन पे राजी है या नहीं है ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम नाज शे आल नबी तुम पर सलाम तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम ए शहीदान मोहब्बत के इमाम लाला गु लाला बदन लाला चमन ए चमन अंदर चमन अंदर चमन, अंदर चमन। जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात ए हयात अंदर हयात अंदर हयात इफतखार मिल्ल बैजा है तू रब काबा की कसम यखता है तू फख्र का दिल में दरीचा बास करना चाहिए जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए आज हम नाज करते हैं हुसैन बने अली पे हम आ हुसैन वाले नहीं है हम वाह हुसैन वाले हैं वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम इतने जख्म कलेजे पे हो तो खड़ा नहीं हुआ जाता लेकिन जबर के खिलाफ कितनी कुत से खड़ा है हुसैन इबन अली ने अपना नमूना लोगों के सामने रखना था तो इकवाल कहते हैं सुरख रू इश्केयूर अज फूने शोखी ई मिसरा अज मजमूने यजीद मिट गया यजीद का नाम मिट गया उसका तशफ मिट गया हुसैन कल भी जिंदा था हुसैन आज भी जिंदा है मरता तो वो है जिसकी फिक्र मर जाए मरता तो वो है जिसका नसबुल मर जाए मरता तो वो है जिसका मिशन खत्म हो जाए हुसैन का नस्बुलसैन जिंदा हुसैन का नाना भी जिंदा आज भी हजारों करोड़ों अरबों इंसान हुसैन का नाम लेके जी रहे हैं मैं कहता हूं अगर कोई अजीत का नाम भी लेता है तो वह सर झुका के देता है कैसा तुम्हारा लीडर है जिसका नाम लेते हुए भी तुम्हें शर्म आती है नाम लेने से पहले सर झुकाते हो नाम लेते हुए पसीना पसीना होते हो नाम लेने के बाद मुंह छुपा लेते हो तुम्हें अपने कायद और अपने लीडर का नाम लेते भी शर्म आती है और जब हमारे लबों पर नामे हुसैन आता है हमारा कद ऊंचा हो जाता है हमारा सर फखर से बुलंद हो जाता है फखर का दिल में दरीचा बास करना चाहिए जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए तो हुसैन इबन अली ने किसी कि ने कहा था कि यह दो शहजादों की जंग थी तो किसी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उसने कहा करबला जंग थी अगर दो शहजादों की कलम में जोर है तो लिखो हुसैन हार गए लहजे में तंतना है तो लिखो हुसैन हार गए अंदाज में जोर है तो कहो हुसैन हार गए जमाना कल भी कहता था जमाना आज भी कहता है हुसैन कल भी जीता था हुसैन आज भी जीता है जब जरत इमाम हुसैन अल्लाह का सर अनवर काट लिया गया और खोली बिन यजीद ने, ने नेजे की नोक पे उसको रखा वैसे रुख सर का जमीन की तरफ से था किसी ने क्या खूब कहा बानि सजदा सानी की है आरजू रकत के दो सजदे होते हैं एक सजदा हुआ था कि सर अनवर जुदा कर लिया गया जब नेजे की नोक पे था सर तो रुख जमीन की तरफ से था शायर कहता जरा गौर से देखो सरे हुसैन क्या कह रहा है सर हुसैन की पेशानी जमीन की तरफ है पेशानी में दूसरे सजदे की आजू मचल रही है तो जब इमाम हुसैन का सर खोली ने नेज़े की नोक पे चढ़ाया उसने तो यह कहना चाहा था कि हम फतेब हुए और देखो हमने सर काट लिया किसी ने कहा जरा गौर से देखो ये तो सर कट के भी सर बुलंद है ये सर कट गया फिर भी सर बुलंदी नहीं गई है इसका बांकपन फिर भी नहीं गया है हुसैन का सर कल भी ऊंचा था हुसैन का सर आज भी ऊंचा है उसका नाम जिंदा उसका पैगाम जिंदा उसकी फिक्र जिंदा हजरत इमाम जैन दीन ये करबला के वह शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने जैनब जैन दिन को पहुंचे हैं सब मंजर खुली आंखों से देखा चौदह साल की उम्र है बीमार है तारीख बताती है उसके बाद सारी जिंदगी हजरत जैन दीन ने ठंडा पानी नहीं पिया जब पानी पीने लगते तड़पने लगते कहते मुझे सकीना की याद आती है मुझे अली का याद आता है सारी जिंदगी फिर ठंडा पानी नहीं पिया हज़रत इमाम ने सारा मंजर खुली आंखों के साथ देखा था और फिर आपने दमिश्क के बाजारों में भी और कोफे की गलियों के अंदर भी सरों का यह काफिला अपनी क्यादत के अंदर जो है वो गुजारा था जब यजीद के दरबार के अंदर हजरत इमाम पहुंचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है लेकिन उसके दामन से कतल के दाग को नहीं धो सकती तो उसने ये सब कुछ किया ये बस उसके टे थे जो वो बहाने लगा लेकिन बाद में उसने हजरत तो इ छड़ी हटा ले मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूल सल्लाजूर ने इन होटों को खुद चूमा है तो हो यह कह कहकर आप दरबार से निकल गए और रोते थे और आपके बदन पे कप की थी। बाद में यजीद ने कहा, हजरत गलती हो गई और ये मैं नहीं चाहता था बताएं आपकी कोई शर्त हो तो आपने मेरी चार बातें मान लो उन चार बातों में एक बात यह थी कि सरे हुसैन और सरे शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला जाकर इनकी तदफीन कर सके दूसरी यह था कि हमें मदीना हफाजत से पहुंचा दो तीसरी शर्त यह थी कि मुझे जो है वो जुमे का खुतबा देने की इजाजत दो आज दमिश्क जाम मस्जिद के अंदर चौथी बात आपने ये फरमाई कहे कातलानी हुसैन जो है वो मेरे सुपर्द करो उसने कहा कौन है कातिल हुसैन का लोगों ने कहा होली है खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया ये सनान बिन अंस नखी ने किया है सनान बिन अंस नखी को कहा तू बता कहने लगा मैं कत्ल क्यों करना था यह तो शिमर जिल जोशन ने किया शिमल जोशन को कहा तू बता कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बगाड़ा था कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था तो यह है, वो है कातल हुसैन का अब यजीद कहने लगा तुम्हारी ये शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकता ये बात तो पूरी नहीं कर सकता अब खुतबा दे लो अब हजरत इमाम सैनिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हुए खिताबत तो इस घर की लौंडी है जब ये बोलते हैं तो हमत के मोती दौलते हैं जूही इमाम जैनदीन खड़े हुए चौदह साल उम्र है लोगों के सामने रखे तो यजीद घबरा गया कि कहीं लोग मेरे गिरे बक न पहुंचे उसने मज़्म को इशारा किया जल्दी जल्दी, जल्दी अजान पड़ो तो जब उसने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो हजरत शहजादा जैनदीन ने कहा इसके अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है जब शहादत का कहा शद्ला हजरत इमाम जैनदीन ने इसके जवाब के अंदर कहा हाँ हाँ अल्लाह के अलावा कोई महबूद नहीं है इसकी गवाही हमने खून से दी है हमने अपने अपने लहू से दी है इसकी गवाही और फिर उसके बाद जब अशद मोहम्मद रसूल पे लफ्स आए तो हजरत इमाम जैनदीन ने कहा यजीद देख अब अजान के अंदर तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है आज भी मिंबर पे मेरे नाने का नाम है तो यजीद मर गया उसका नाम मर गया उसका तशखस मर गया हुसैन कल भी जिंदा था हुसैन आज भी जिंदा है हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में भी जिंदा था कूफे के बाजार में भी जिंदा था और दमिश की जाम मस्जिद में भी जिंदा था मदीने में भी जिंदा मक्के में भी जिंदा काबल में भी जिंदा कंधार में भी जिंदा किला जंगी में भी जिंदा तोड़ा में भी जिंदा में भी जिंदा बगदाद में भी जिंदा गजा की पट्टी में भी जिंदा में भी जिंदा, आज हुसैन की जिंदगी और हुसैन का बातपन दुनिया को बता रहा है बश को बता रहा है तेरे मुंह पे तमाचा हुसैन मारेगा जमाना बताएगा की हुसैन कल भी जिंदा था हुसैन आज भी जिंदा है हुसैन की फिक्र लेके उठो और पूरी दुनिया पे छा जाओ और जमाने को बताओ कि हम हुसैन के सपाही हैं सिर्फ मुहर्रम के दिन आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होगा क्या सिर्फ मुहर्रम हुसैन का महीना है नहीं सब पूरा साल हुसैन का है पूरी जिंदगी हुसैन की है पूरे जमाने हुसैन के हैं ये सिर्फ आशूर का दिन या आशूर की शब ही हुसैन की नहीं सारे जमाने हुसैन के हैं कल भी हुसैन का था आज भी हुसैन का है कल भी हुसैन का होगा आओ उठे कुरान को लेकर के हुसैन इबन अली की नोक पर भी चढ़ के कुरान सुनाया और आज हम उसी कुरान की दावत को लेकर के उठें और हुसैन इबन अली के पैगाम को घर मालिक उठे हुए हाथ फैली रहमतों से भर दे वक्त की बहारे दे दे मुकदर की खजाएं रुख सत कर हम जिये तो तेरे लिए और मरें तो तरे दिन के लिए जिंदगी के आखिरी हिचकी तक तेरे रसूल के वफादार रहे हरत हरत हर ज़िलत हर हर से रिहाई दे, दे अपने पाक नबी के दर के गे ला जिये तो तेरे लिए मरे तो तेरे दीन के लिए है अल्लाह ये उठे हुए हाथ खाली ना रहे अपने कदम से बात अल्लाह जितने लोग आए हैं इनमें से कोई भी खाली घर न जाए सबकी जोलियाँ अपनी रहमतों से भर दे अल्लाह सबकी दुनिया और दीन आखिरत बेहतर कर दे रहे अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा हम सब खात्मा ईमान पका है हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा हम सबका खात्मा ईमान पर अपने कर्म से इस महफल को कबूल फरमा देवा शबीर पे अमल की तोफीक दे दे उम्मत के हाल पे रहम फरमा फलस्तान में जो जुलम और जबर बाहि खोले खड़ा है अपने कर्म से उम्मत को ताकत अता कर दे और जज्बे अता कर दे जबर को कुचलने की ताकत अता कर दे छोटे छोटे बच्चे जाने दे रहे हैं तेरे रास्ते में कुर्बानियां दे रहे हैं ए ला में आज ये एक तजिया पढ़ रहा था कि इराक के अंदर इक्की लाख बच्चे यतीम हुए हैं और अफग़ानिस्तान के अंदर हर सातवा बच्चा यतीम है कश्मीर के अंदर हर साल पंद्रह हजार बच्चे यतीम हो रहे हैं माओ की गोदें उजड़ रही हैं घर लुट रहे हैं एल्लाह इस उम्मत को खोया हुआ मकाम दे दे अजमत रफ्तार दे दे अल्लाह के इक्की लाख यतीमों के अल्लाह को खोया हुआ मकाम दे दे तुझे वास्ता तुझे वास्ता हजरत माम का अल्लाह अल्लाह तुझे तुझे वास्ता वास्ता करबला के कारी का अब्बास के कटे हुए बाजुओ का तुझे वास्ता तुझे वास्ता की फटी हुई चादर का तुझे, वास्ता की का। तुझे से निकलते हुए के का इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस का शायल हूँ मोहताज को दाता दे एल्ला जिन लोगों ने आज असर की नमाज में तेरे हुजूर सजदा रेजी की इन्हें पक्का नमाज बना दे अल्लाह आज के बाद इनकी कोई नमाज ना छूटे ए ला हुसैन की खून में रंगी हुई दाढ़ी का सदका हमारे चेहरे पर सुन्नत का नूर आ जाए ए ला हमारे चेहरे पर सुन्नत का नूर आ जाए अल्लाह हमारे चेहरे पर सुन्नत का नूर आ जाए ए ला मेरे वतन की हिफाजत फरमा मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा यहाँ अमन के सवेरे तलू कर दे दहशत गर्दी के सुलगते अलाव ठंडे कर दे एल्ला खून शहीदा का सदका अपना कर्म फरमा दे एल्ला इतने लोगों की आमीन के साथ तेरी बारखा में दुआ मेरे बाबा के दर्ज बरकत हमें नसीब रही उनका रूहानी साया हमारे अल्लाह उन्हें जो हमें दर्श दिया उन्हें दर्श पे अमल की तोफीक दे अल्लाह उन्होंने जो मुझसे अहद लिएझे उस पर पूरा उतरने की तोफीक अदा कर दे अल्लाह मेरे पीर भाइयों की खैर फरमाना अल्लाह मेरे जो पीर भाई फौज हो गए उनपे कदम हुआ जो बेन मुल्क है उनको खैरियत से पलटना नसीब फरमाना मुस्तफा के जुमला वाबस्तगान और दरसे कुरान के जुमला वाबस्तगान सब पे कर्म फरमाना ला दूर नजदीक से जितने लोग आए इतनी मोहब्बतें कि इनकी मोहब्बतों के सामने मैं शर्मिंदा हूं, मेरे बालक इन पे कदम फरमाना मेरी दुआ ये मान ले के इन सब का खात्मा इन पे करना अल्लाह मेरी ये दुआ भी मांग ले इनको सुबह न करना जितने भी खड़े हैं सबकी झोरियाँ बंद एल्ला एक भी महरूम ना रहे अल्लाह मेरी बहनें और बेटियाँ आई हैं उन पर भी करम फरमा सैदा फातमा की चादर का साया कर दे सबकी आबरू की हिफाजत फरमा एल्ला बच्चों को हजरत अली असगर के सदके दीन की राहों पे चलने की तौफीक दे जामतमुस्तफ़ा पे कर्म फरमा पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों पे करम फरमा हमारे मुआवन पर गर्म फरमा अल्लाह बल के पाकिस्तान की खैर फरमा बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा अल्लाह सबकी दुआएं मुस्तजा फर्मा बसल नबीन वाल